सो सोलह से स्प्रो करने की खतरनाक चीज लेकर वहाँ पर आ जाना है और पर देखने के बंदे बाहर शर्ट जल्दी से गुला मार लेते हैं